को नाम से जीमेल अकाउंट बनाया था हाँ। जिसका पासवर्ड और जीमेल अकाउंट हो हाँ। हाँ। हाँ। तो मैं आपको जीमेल और पासवर्ड वापिस लिया फ्री है तो सबसे पहले आप गूगल पे जाओ और लिखो जी रिकवरी और जो पहली करो तो फॉरवर्ड तो पासवर्ड मिलेगा क्लिक कर दो क्लिक करने के बाद फोन नंबर और नीम एंटर दीजिए फिल करने के बाद ओटीपी सबमिट कर दी तो उस नंबर से आप जितने जीमेल बनाए होंगे वो सारे जीमेल आपके सामने शो हो रहे अगर आपको उनमें से किसी जीमेल को रिकवर करना है तो उस जीमेल पर क्लिक कीजिए Then, आपको फोन नंबर पर ओटीपी आएगा वो ओटीपी उसका एंटर कर दिए यहाँ से आप न्यू पासवर्ड एंटर कर पाओगे वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।